हम लड़कों को ना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम लड़का हैं जनाब हमारी पर्सनैलिटी को कोई नहीं पूछेगा हमारी इमोशन को कोई नहीं समझेगा कोई नहीं पूछेगा भाई अगर कोई कुछ पूछेगा ना तो सिर्फ इतना पूछेगा बेटा तुम कितना कमाते हो कितना कमाते हो क्या करते हो जिस तरीके से बैल की जिम्मेदारी होती है न, खेतों में बोझ कोझ को, को लेके चलना उसी तरीके से हम लड़कों की भी जिम्मेदारी है आज नहीं तो चार साल बाद फिर हमारे ऊपर वही ज़िम्मेदारी होगी जैसे बैल खेतों में खींचा करता है वैसे हमारी परिवार को खींचने की जिम्मेदारी होगी तो हम लोग को सुधर जाना चाहिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें अपने लाइफ पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए